नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एम टू नॉलेज में तो साथियों लेकर आ चुके हैं हम शिक्षण अभिरुचि यानी कि दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड के मॉडल नंबर फोर को तो इस मॉडल नंबर फोर में हम आपसे 25 टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिरुचि के ऐसे सवालों को पूछेंगे जो कि राजस्थान की बी एवं पी एंड राजस्थान की कई अन्य एग्जामों में भी पूछे जाते हैं तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं वीडियो को वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों जिन भी विद्यार्थियों ने हमारे चैनल एम टू नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि दोस्तों हमारे इस चैनल पर हम आपको बी एस एवं राजस्थान की सभी एग्जामों में जो जीके राजस्थान जीके आती है उसकी आपको तैयारी करवाएंगे तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को तो दोस्तों आपका पहला प्रश्न है कक्षा में शिक्षक की मूल जिम्मेदारी हैं कक्षा में दोस्तों शिक्षक की मूल जिम्मेदारी हैं ऑप्शन कक्षा में अधिगम को पढ़ाना छात्रों से विद्यालय शुल्क वसूलना कक्षा के छात्रों के रिकॉर्ड को व्यवस्थित करना ट्यूशन वाले छात्रों को अधिक महत्व देना ठीक है ना दोस्तों जल्दी उत्तर दीजिए तो इसका सही उत्तर है जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा में अधिगम को पढ़ाना ये आपका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा प्रश्न है दूसरा प्रश्न है एक कक्षा शिक्षक को अपने छात्रों के साथ व्यवहार करने की उम्मीद है एक कक्षा शिक्षक को अपने छात्रों के साथ व्यवहार करने की उम्मीद है बुद्धिमान छात्र छात्रों के साथ अधिक प्यार गरीब छात्रों के प्रति एलगाव सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार या छात्रों की उम्मीदों के अनुसार व्यवहार तो सही उत्तर है ऑप्शन से सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार तीसरा प्रश्न है शिक्षकों को मार्गदर्शक माना जाता है क्योंकि उसमें भविष्य के समाज के निर्माण की क्षमता है वह सामाजिक आर्थिक विश्वास का प्रतीक है वह समाज के लिए एक रखवाला है या वह कुंठाओं को आकार देने में लिप्त है तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए उसमें भविष्य के समाज के निर्माण की क्षमता है ठीक है ना दोस्तों जो शिक्षकों को मार्गदर्शक माना जाता है क्योंकि उसमें भविष्य के समाज के निर्माण की क्षमता है चौथा प्रश्न है शिक्षण मुख्य रूप से खालिस्तान द्वारा किया जाना चाहिए ऑप्शन कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा अनुभवी शिक्षकों द्वारा या दोस्तों युवा प्रतिभाशाली व्यक्तियों द्वारा शिक्षण मुख्य रूप से खालिस्तान द्वारा किया जाना चाहिए ठीक है न दोस्तों जल्दी इसका उत्तर दीजिए तो सही उत्तर है ऑप्शन ए कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा जो शिक्षण का मुख्य रूप से कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा किया जाना चाहिए पांचवा प्रश्न है एक शिक्षक के रूप में छात्रों में मानव गुणों को विकसित करने के लिए ऑप्शन आप कुछ भी गलत नहीं करेंगे ताकि बच्चों को गलत संदेश ना जाए आप उन सभी गुणों को प्रतिबिंबित करेंगे जिन्हें आप आत्मसात कर, करवाना चाहते हैं आप उन्हें लगातार बताएंगे और उन्हें समझाएंगे। या दोस्तों आप वर्तमान संदर्भ के अनुरूप बच्चों में बदलाव लाएंगे ठीक है ना दोस्तों तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, आप सभी आप कुछ भी गलत नहीं करेंगे ताकि बच्चों को गलत संदेश ना जाए छठवा प्रश्न है छात्रावास वार्डन का विद्यार्थियों के साथ अंतः क्रियात्मक संबंध अनुशासन में ऑप्शन शायद वृद्धि करता है वृद्धि करता है न वृद्धि करता है न हास करता है या इनमें से कोई नहीं तो सही उत्तर है ऑप्शन बे वृद्धि करता है सातवां प्रश्न है यदि विद्यालय में शिक्षण सहायक सामग्री का अभाव है तो आप क्या करेंगे यदि विद्यालय में शिक्षण सामग्री का अभाव है तो आप क्या करेंगे बिना सहायक सामग्री के शिक्षण करेंगे इन सबकी परवाह नहीं करेंगे निर्मित सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे या दोस्तों उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे तो सही उत्तर है ऑप्शन से निर्मित सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे यदि आपके विद्यालय में शिक्षण सहायक सामग्री का अभाव है और आप एक शिक्षक हैं तो आप आपका यह कर्तव्य है कि आप निर्मित सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे आठवा प्रश्न है समाज के लोगों को साक्षर बनाने के लिए आप निम्न में से कौन सा कार्य करेंगे उनके लिए साधारणता कार्यक्रम बनाएंगे तथा रात्रि कक्षाओं की व्यवस्था करेंगे उन्हें स्कूल में आने के लिए कहेंगे उन्हें शिक्षिक फिल्म देखने के लिए प्रेरित करेंगे या प्यारे अभ्यर्थियों उन्हें ट्यूशन के लिए प्रेरित करेंगे ठीक है ना साथियों तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है उनके लिए साधारणतः कार्यक्रम बनाएंगे तथा रात्रि कक्षाओं की व्यवस्था करेंगे जिससे कि दोस्तों वह साक्षर बन सकें नवा प्रश्न है एक शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पसंद करेगा मानसिक योग्यता गीता सामान्य ज्ञान शिक्षण की विधियां ध्यान से सुनना दोस्तों एक बार फिर से पढ़ते हैं एक शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पसंद करेगा मानसिक योग्यता गीता सामान्य ज्ञान या अभ्यर्थियों शिक्षण की विधियाँ तो काला अभ्यार्थियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन द शिक्षण की विधियाँ एक जो शिक्षक है वह शिक्षण की विधियाँ पुस्तक को पसंद करेगा ठीक है ना दोस्तों दसवा प्रश्न है आपकी कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों में आप किसे पसंद करेंगे और क्यों जो अमीर बाप का बेटा हो क्योंकि उससे आपको आर्थिक लाभ हो सकता है जो पढ़ने में होशियार हो क्योंकि आपका नाम उज्जवल करेगा जो किसी अधिकारी का पुत्र हो क्योंकि उससे आपके कई जायज़ नाजायज कार्य हल होंगे या दोस्तों जो आपके मित्र का पुत्र हो क्योंकि मित्र आपका एहसान करेगा जल्दी उत्तर कमेंट करिए साथियों उसका तो सही उत्तर है ऑप्शन बे, जो पढ़ने में होशियार हो क्योंकि आपका नाम उज्जवल करेगा ऐसे छात्र को आप कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों में से पसंद करेंगे ठीक है ना दोस्तों ग्यारहवा प्रश्न है प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए ठीक है ना दोस्तों जो प्रौढ़ शिक्षा है वो किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति का सरकार के अधिकार में गैर सरकारी समितियों के अधिकार में सरकारी तथा प्राइवेट समितियों दोनों के अधिकार में तो सही उत्तर है ऑप्शन द। सरकारी तथा प्राइवेट समिति दोनों के ही अधिकार में होनी चाहिए बारहवा प्रश्न है छात्रों को यदि आपके द्वारा पढ़ाया गया पाठ समझ में नहीं आया तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे यदि दोस्तों आपने कक्षा में छात्रों को एक पाठ पढ़ाया और वह उनमें उन्हें समझ में नहीं आया तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे ऑप्शन उस पाठ को दोबारा नहीं पढ़ाएंगे उस पाठ को दोबारा अच्छी तरह से पढ़ाएंगे पत्रों को फिर पढ़ने के लिए कह देंगे या दोस्तों छात्रों की बातों पर कोई ध्यान नहीं देंगे तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन व उस पाठ को दोबारा अच्छी तरह से पढ़ाएंगे ठीक है ना दोस्तों आपका तेरहवा प्रश्न है शिक्षकों का मूल्यांकन किसके द्वारा होना चाहिए निरीक्षण अधिकारियों द्वारा उनके समृत्ति और उच्च अधिकारियों द्वारा समाज द्वारा उनके शिक्ष शिक्षार्थियों द्वारा तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दे, उनके शिक्षार्थियों द्वारा शिक्षा का मूल्यांकन होना चाहिए चौथा प्रश्न है आप किस स्तर की योग्यता के विद्यार्थियों को पढ़ाना पसंद करेंगे आप किस स्तर की योग्यताओं के विद्यार्थियों को पढ़ाना पसंद करेंगे औसत योग्यता से अधिक औसत योग्यता के औसत योग्यता से कम या मिश्रित योग्यता के तो सही उत्तर है ऑप्शन द मिश्रित योग्यता के जो विद्यार्थी हैं उनको पढ़ाना पसंद करेंगे ठीक है ना दोस्तों पंद्रवा प्रश्न है विद्यार्थियों को गृह कार्य देने का क्या महत्व है विद्यार्थियों को गृह कार्य देने का क्या महत्व है ऑप्शन इसके द्वारा विद्यार्थियों में स्वयं अध्ययन की आदत पड़ती है यह स्कूल के कार्य की पूर्ति करता है यह खाली समय के सदुपयोग का अवसर प्रदान करता है यह विद्यार्थियों में ज़िम्मेदारी का एहसास पैदा करता है जल्दी कमेंट करिए दोस्तों इसका उत्तर तो सही उत्तर है ऑप्शन है इसके द्वारा विद्यार्थियों में स्वयं अध्ययन की आदत पड़ती है सोलह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ध्यान से देखना राष्ट्र का विकास किस पर निर्भर करता है राष्ट्र का विकास किस पर निर्भर करता है ऑप्शन मानवीय साधनों पर वन साधनों पर खनिज पदार्थ साधनों पर भौतिक साधनों पर तो सही उत्तर है ऑप्शन ए ऑप्शन ए मानवीय साधनों पर जो कि राष्ट्र का विकास निर्भर करता है इसको याद रखना साथियों हो सत्रवा प्रश्न है यदि आपका परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं है तो आप क्या करेंगे विद्यार्थियों को दोषी बताएंगे स्वयं को दोषी समझेंगे परवाह नहीं करेंगे या प्यारे अभ्यर्थियों कारण जानने का प्रयत्न करेंगे तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दे इसका कारण जानने का प्रयत्न करेंगे 18 प्रश्न है अच्छे पाठ्यक्रम में क्या गुण होने चाहिए बाल केंद्रित अध्यापक केंद्रित समाज केंद्रित राष्ट्र केंद्रित तो सही उत्तर है ऑप्शन से अच्छे पाठ्यक्रम में पैरा भारतीयों समाज केंद्रित गुण होने चाहिए ऑप्शन से इसका सही उत्तर है गुणीसा प्रश्न है भारतीय समाज में बढ़ते हुए नकारात्मक मूल्यों के प्रति एक अध्यापक होने के नाते आपको क्या दृष्टिकोण रखना चाहिए भारतीय समाज में बढ़ते हुए नकारात्मक मूल्यों के प्रति एक अध्यापक होने के नाते आपको क्या दृष्टिकोण रखना चाहिए मन मन भारत की अवनति पर दुखी होना चाहिए आप स्वयं को अच्छा बनाएंगे समाज का ठेका आपने नहीं लिया है आप समाज सुधारने का संकल्प लेंगे या दोस्तों आप अपने छात्रों को सुधारेंगे ताकि भावी जनता सुधर सके तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन दे, आप अपने छात्रों को सुधारेंगे ताकि साथियों जो भावी जनता है वो सुधर सके ऑप्शन द इसका सही उत्तर है बीसवा प्रश्न है आपके छात्र विद्यालय से भाग जाते हैं वे जाकर सिनेमा देखते हैं आपको जब उनकी इस गतिविधि का पता चलता है तो एक परिपक्व व्यक्ति होने के नाते आप क्या करेंगे दोस्तों मान लीजिए कि आपके छात्र विद्यालय से भाग जाते हैं और जाकर के सिनेमा देखते हैं और आपको उनकी इस गतिविधि का पता चल जाता है तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे इस ओर ध्यान नहीं देंगे छात्रों को बुलाकर समझाएंगे छात्रों को दूसरे दिन विद्यालय में दंड देंगे छात्रों को अभिभावकों को इसकी सूचना देंगे तो क्या करेंगे साथियों कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर कर बताएँ तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन वे छात्रों को बुलाकर समझाएंगे इक्कीसवा प्रश्न है अच्छा अध्यापन किसका परिणाम है अध्यापक ट्रेनिंग अनुभव विषय वस्तु पर अधिकार और अच्छा संप्रेषण या प्यारे भारतीयों बच्चों से मित्रता मित्रतापूर्वक व्यवहार तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन से विषय वस्तु पर अधिकार और अच्छा संप्रेषण अच्छा अध्यापन का परिणाम है बाईसवा प्रश्न है अधिकांश विद्यालयों में पढ़ाई लिखाई का उचित वातावरण न होने का उत्तरदायी कौन है छात्रगण अध्यापकगण नेतागण या उपर्युक्त सभी छात्रियों जो अधिकांश विद्यालय है उनमेंदायी का हो तो होंगे तेसरा प्रश्न है आज के बच्चों के कंधों पर ही कल देश का दायित्व होगा इस कथन का क्या आशय है ऑप्शन बच्चों का कंघा मजबूत करना चाहिए कंधा मजबूत करना चाहिए बच्चों को स्कूलों में शारीरिक प्रशिक्षण देना चाहिए बच्चों के समुचित विकास पर ध्यान देना चाहिए या प्यारे अभ्यार्थियों बच्चों पर कम भार रखना चाहिए तो प्यारे अभ्यार्थियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन से बच्चों के समुचित विकास पर ध्यान देना चाहिए चौबीसा प्रश्न है पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का सर्वोत्तम तरीका है अपने स्वयं के घर को साफ रखना जो प्रदूषण फैला रहे हों उनकी शिकायत करना जो प्रदूषण फैला रहे हों उनसे लड़ना या समुदाय में पर्यावरण को साफ रखने की चेतना जागृत करना तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन द। समुदाय में पर्यावरण को साफ रखने की चेतना जागृत करना पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का सर्वोत्तम तरीका है टीचिंग एप्टीट्यूड मॉडल पेपर फोर का आपका आखिरी सवाल है एक शिक्षक का मुख्य कार्य है एक शिक्षक का मुख्य कार्य है स्कूल में राजनीति करना पाठ्यक्रम पूरा करवाना अच्छे नागरिक तैयार करना या ज्ञान को बढ़ावा देना तो साथियों आपको बताना है कि एक, एक शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है जल्दी कमेंट करिए दोस्तों तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन से अच्छे नागरिक तैयार करना एक, एक शिक्षक का मुख्य कार्य है तो साथियों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें बताओ बताइए यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि जब भी हम राजस्थान जी से रिलेटेड कोई भी वीडियो छोड़ें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद